नागदा में हुई घटना के बाद बाल आयोग ने यातायात यात एस पी आर जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि स्कूल बस और स्कूल वैन की सप्ताह में दो बार जांच होनी चाहिए और ओवरलोडिंग और स्पीड की भी करनी चाहिए। की नागदा में हुई घटना के बाद बाल आयोग सख्त हुआ है उन्होंने ट्रैफिक एसपी आर और डीईओ को स्कूल वाहनों की सप्ताह में दो बार जाँच करने के निर्देश दिए हैं वही बाल आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान ने बताया कि पहले भी दिशा निर्देश जारी किए गए थे लेकिन जमीन पर दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो रहा था अब नए सिरे से आदेश जारी किए गए हैं लगातार स्कूल आवागमन के वाहनों में दुर्घटनाएं हो रही हैं। पहले भी कई जिलों में दुर्घटनाएं हुई है इसको लेकर मध्य प्रदेश बाल आयोग ने इसको गंभीरता से लिया है और पूर्व में भी हमने इस पूरी व्यवस्था को लेकर एक एसओपी जारी की थी जिसका पालन हमें कड़ाई से होते हुए नहीं दिख रहा है तो पुनः इसको लेकर हमने समस्त जिला जो हमारे पुलिस अधीक्षक है ट्रैफिक उनको यातायात के जो हमारे जिले के अधिकारी हैं परिवहन अधिकारी उनको एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को हमने ये एसओपी यानी दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनका पालन कड़ाई से कराना सभी अधिकारियों को बहुत जरूरी है ये हमने उसको सुनिश्चित किया है साथ ही हमने जिम्मेदारी भी तय की है इसमें सभी स्कूल पर भी जिम्मेदारी है इस पर ट्रैफिक विभाग पर भी जिम्मेदारी है और साथ में ही जो हमारे शिक्षा विभाग है उस पर भी जिम्मेदारी है तो निश्चित तौर पर ये एसओपी बहुत महत्वपूर्ण है और सभी को इसका पालन करना आवश्यक रूप से इससे हमारी जो है वो दिशा निर्देशों से काफ़ी गंभीरता से इसको पालन कड़ाई से करना है ये हमने इस, इस, इस एस ओ पी के माध्यम से हमें दिशा निर्देश दिए हैं